और इसी बीच एटा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के एटा से बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर एटा जिले में मतदान जारी है तो बड़ी खबर आपको एटा से दे रहे हैं जहां सुबह 11 बजे तक अलीगढ़ विधानसभा सीट पर 20 फीसदी मतदान हो चुका है और सुबह 11 बजे तक एटा की सदर विधानसभा सीट पर 26 फीसदी तक वोटिंग हो चुकी है बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं 11 बजे तक मरहारा विधानसभा सीट पर छब्बीस दशमलव सात शून्य फीसदी मतदान हो चुका है शिवम एटा में वोटिंग लगातार जारी है क्या कुछ मुद्दों को लेकर वहां के मतदाता दिखाई दे रहे हैं शिवम अलीगंज तीसरे तरह के मतदान में यहाँ अलीगंज एटा जिले में वोटिंग चालू है यहाँ ज्यादातर जो वोटर हैं और जो मुद्दा लग रहा है वो यहाँ मिला जो लग रहा है मह, महंगाई का मुद्दा है नए युवा जो नए वोटर वोटिंग कर रहे हैं उनको सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा को लेके वो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा है जो उनकी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित है इसके मुद्दे वो वोट दे रही है तो शुभम फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो सुरक्षा को लेकर आप बता रहे हैं कि वो चिंतित दिखाई दे रहे हैं इसको लेकर अब वोटिंग का जो परसेंटेज है उसमें युवाओं की भागीदारी कितनी ज्यादा दिखाई पड़ रही है आपको युवाओं की, यु, की आ, काफी अच्छी भागीदारी दिखाई दे रही है जो भी नए वोटर है वो भारी उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं और पढ़ चढ़ के वोटिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ जो वोटिंग प्रक्षेत्र रहा है उसमें ज्यादा प्रतिशत जो है वो युवाओं का आई है जो नए वोटर है वो काफी उत्साह में दिख रहे हैं वोटिंग कर रहे हैं चलिए बहुत शुक्रिया शिवम गुप्ता जी इस अहम जानकारी के लिए आपका